हम तो ख्वाबों की दुनिया में बस खोते गए हम तो ख्वाबों की दुनिया में बस खोते गए होश तो था फिर भी मदह होते गए उस अजनबी चेहरे में क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में क्या जादू था ना जाने क्यों हम उनके होते गए दिल में एक शोर सा हो रहा है दिल में एक शोर सा हो रहा है बिन आपके दिल बोर सा हो रहा है बहुत कम याद करते हो आप हमें बहुत कम याद करते हो आप हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोस्ती का रिश्ता कमज़ोर हो रहा है जानते हैं आप जीते हो जमाने के लिए हम जानते हैं आप जीते हो जमाने के लिए एक बार तो जी के देखो सिर्फ हमारे लिए इस ना चीज़ की दिल क्या चीज़ है इस ना चीज़ की दिल क्या चीज़ है हम तो जान भी दे देंगे आपको पाने के लिए करो कुछ ऐसा दोस्ती में करो कुछ ऐसा दोस्ती में कि थैंक्स सॉरी वर्ड बेईमान लगा निभा यारी ऐसे के यार को छोड़ना मुश्किल और दुनिया को छोड़ना आसान लगा कोई मिला ही नहीं हमें कभी हमारा बनकर कोई मिला ही नहीं हमें कभी हमारा बनकर वो मिला भी तो हमें सिर्फ किनारा बनकर हर ख्वाब बनकर टूटा है यहाँ हर ख्वाब बनकर टूटा है यहाँ अब बस इंतजार ही मिला है एक सहारा बनकर इस दिल में आग सी लग गई जब वो खफा हुए इस दिल में आग सी लग गई जब वो खफा हुए फर्क तो तब पड़ा जब वो जुदा हुए हमें वफा करके तो कुछ दे ना सके हमें वफा करके तो कुछ दे ना सके लेकिन देख गए वो बहुत कुछ जब वे बेवफा हुए